जी हिंद दोस्तों स्वागत है आपका एनालिसिस इंडिया में तो दोस्तों हमारे यहाँ पर एक आम कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी यानी आपके कर्म आपका कभी पीछा नहीं छोड़ते आप चाहे अर्थ के किसी भी कॉन्टीनेंट पर चले जाओ चाहे आप अर्थ से बाहर ही क्यों ना चले जाओ पर अफसोस ये कहावतें यूएसए में नहीं चलती वरना वो भी किसी भी देश में दखलंदाजी सोच समझ कर ही करता हाल फिलहाल यूएसए अफगान से अपनी ढंग की बेजती मिलने वाले उनसे भी निपट नहीं पाया तभी तक उसके ऊपर उत्तरी कोरिया से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है आपको लगता होगा कि क्या है छोटे छोटे देश बड़े देशों पर उंगली उठाते रहते हैं तो आपको ये गलतफहमी है मैं उस नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूँ जिसका सन तानाशाह किम जॉन उन वहाँ का बादशाह है जिसकी एक धमकी पर खुद ट्रंप जैसे सुदृढ़ नेता को भी दबे पा से मिलने आना पड़ा किम जॉन उन ये नाम सुनती हर शख्स के मुंह से निकलेगा कि ये बंदा कुछ करता नहीं है और करता है तो कुछ बड़ा ही करता है और इस बार भी इसने सीधे मास्टर स्ट्राइक की है अमेरिका के ऊपर दरअसल यूएन की संस्था आई के हवाले से खबर ये निकल के आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने योंग शहर में स्थित न्यूक्लियर प्लांट में जिसमें पहले कभी न्यूक्लियर बम बनाया करता था उसमें वापस से परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया है आई ए मींस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो विश्व भर में न्यूक्लियर प्लांट्स पर निगरानी रखती है हालांकि यूएन की इन संस्थाओं को नॉर्थ कोरिया से इजाज़त तो नहीं है कि वो न्यूक्लियर प्लांट में जाए और चेक कर सके फिर भी इन्होंने सेटेलाइट इमेज से पता लगाया है दरअसल नॉर्थ कोरिया के इस न्यूक्लियर प्लांट से पाँच मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है परंतु आई ने हाल फिलहाल में नोटिस किया कि इन दिनों इस न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर से बिजली उत्पादन की क्षमता से ज़्यादा पानी का रिशाव हो रहा है आप एक बार इस मैप को देखिए ये है कोरियन पैनल इसमें जो उत्तरी भाग है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी भाग दक्षिणी कोरिया चीन से इनकी सीमा लगती है और इसी मीलों दूर यू एस है जो उत्तरी कॉन्टिनेंट उत्तरी अमेरिका के कॉन्टिनेंट में हैं दक्षिणी कोरिया एक डेवलप्ड कंट्री है मगर उत्तरी कोरिया एक रिस्ट डेवलप्ड कंट्री है अब आपको एक प्रश्न मन में आ रहा होगा कि नॉर्थ कोरिया ना ही एक इकोनॉमिक सुपर पावर है और ऊपर से यू से मीलों दूर हैं तो अमेरिका उससे इतना क्यों डरता है खतरा तो इसे चीन को होना चाहिए ना क्योंकि बॉर्डर शेयर तो वो करता है पर ऐसा क्यों नहीं है क्योंकि चीन और उत्तरी कोरिया की जो विचारधारा वो एक विचारधारा है कम्युनिस्ट विचारधारा या कहें तो साम्यवादी विचारधारा प्लस चीन तो इन्हें उकसाता है समर्थन करता है फाइनेंशियल मदद भी करता है और इनकी दुश्मनी है दक्षिणी कोरिया और जापान से और जापान और दक्षिणी कोरिया की सुरक्षा की कस्में यू ने खा है इसलिए यू इतना डरता है और ये सन की तानाशाह कभी भी अपनी मिसाइलों का मुँह यू इन जापान और दक्षिणी कोरिया की तरफ कर लेता है आपको लगता है कि इत्तु सातो देश हैं ना तो डिफेंस में सुपर पावर है और ना ही ये फाइनेंशियल सुपर पावर है तो यू एस उस पर सीधी एयर स्ट्राइक क्यों नहीं कर देता जिससे ये सीधा हो सके तो मैं आपको बता दूं कि एक सर्वे के अनुसार नॉर्थ कोरिया के पास लगभग पचास एटम बम हैं और खोने के लिए तो इस भाई साहब के पास कुछ है ही नहीं ऊपर से शासक भी सन इससे अगर मरते मरते भी दक्षिणी कोरिया और जापान पर एक एक बम डाल दिए ना तो इन्हें भी बर्बाद कर देगा अब आपके मन में एक फिर प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसा आखिर नॉर्थ कोरिया कर क्यों रहा है मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ नॉर्थ कोरिया पर यूएसए ने डाल रखे हैं शेंस और ये ना तो व्यापार कर सकता है और व्यापार नहीं कर सकता तो इनकी हालत तो बिगड़ी हुई है चीन के साथ इनका व्यापार होता है लेकिन कोरोना के कारण सीमाएँ सारी सील है जिसके कारण व्यापार चीन से भी नहीं हो रहा है और इन सब से वहाँ की जो जनता की हालत बहुत ख़राब हो रखी है नॉर्थ कोरिया में औसतन आबादी का आबादी को एक समय के लिए भूखा रहना पड़ता है मतलब भोजन से वंचित रहना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर खाद्यान्न की भी बहुत ज़्यादा कमी हो रखी है ऐसी स्थिति से निपटने के लिए नॉर्थ कोरिया को पता है कि यही उचित समय है क्योंकि अब यू जापान से फ्री हो गया है अब उसका काम है नॉर्थ कोरिया पर ध्यान देना और नॉर्थ कोरिया हमेशा चाहेगा कि यूएसए पर प्रेशर बना रहे कुल मिलाकर अब नॉर्थ कोरिया चाहता है कि उससे अब शनसन हटा दिए जाए और यूएसए से उन्हें एक प्रॉपर फंडिंग मिले जिससे वहाँ की जो भूख मरी है उनसे निपटा जा सके और यहीं यूएसए आकर बहुत बुरी तरीके से फुन जाता है क्योंकि अगर फंडिंग दे तो नॉर्थ कोरिया और भी ज़्यादा खतरनाक हथियार बनाना शुरू कर देगा और अगर फंडिंग ना दे तो ये सन की तानाशाह कब भषमा बन जाए और जापान और साउथ कोरिया को फांस में कर दे कोई पता नहीं खैर इसका निर्णय तो यू एस ए लेगा कि नॉर्थ कोरिया के साथ क्या करना और क्या नहीं करना है नॉर्थ कोरिया से कैसे निपटना है मगर आपको क्या लगता है कि यू को फंडिंग देनी चाहिए या नहीं अपना व्यू पॉइंट कमेंट में ज़रूर बताना लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही विश्लेषण प्राप्त करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एनालिस जय हिंद वंदे मातरम